जय श्री राम के उद्घोष के साथ दिनांक 16 दिसंबर दिन सोमवार का दैनिक राशिफल मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी साहब यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता दीजिए जब भी मांगलिक कार्य हो या राशिफल देखना हो तो दर्शकों आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है विक्रम संबत दो शक छह सख कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये रहेगी दर्शकों पंचमी तिथि पंचमी तिथि रहेगी और चतुर्थी तिथि का जो समापन हुआ है ये 16 दिसंबर की सुबह पाँच बजकर चौंतीस मिनट पर हुआ था चतुर्थी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था ब्रह्मा वैवर्थ पुराण में लिखा हुआ है कि तिल का सेवन नहीं करना चाहिए था मूली का सेवन नहीं करना चाहिए था इसी प्रकार से जो पंचमी तिथि है तो पंचमी तिथि में बेल फल आप जानते होंगे बेल फल तो बेल का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही होती है सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर और आज जो नक्षत्र रहेगा दर्शकों ये हम बता क्यों रहे हैं आपको नक्षत्र हो गया तिथि हो गया वार हो गया पंचांग जो होता है ये पाँच अंगों से मिलकर के बनता है और ये पाँच अंग पंचांग के कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करण यदि इनमें से किसी भी एक अंग की जो है न्यूनता हो जाए तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है नक्षत्र रहेगा अश्वलेशा करण जो रहेगा ये रहेगा कौलव करण और अंतिम करण जो रहेगा ये तैतिल करण रहेगा योग रहेगा वैध्य योग शुभ समय पर आ जाते हैं चूंकि सोमवार दिन रहेगा तो शुभ समय जो आज का रहेगा दर्शकों सुबह ग्यारह बजकर 40 मिनट से बारह बजकर तेईस मिनट तक का समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दौरान आप लोग को यदि कोई कार्य करना है अपने अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करनी है कर सकते हैं अशुभ समय पर आ सकते आ जाते हैं तो राहु काल आज का अशुभ समय रहेगा सोमवार का सुबह आठ बजकर नौ मिनट से नौ बजकर छब्बीस मिनट तक का दर्शकों सोमवार दिन और दिशाशूल की बात ना करें ऐसा कहा हो सकता है तो पूर्व दिशा की ओर आज दिशाशूल होता है ईस्ट डायरेक्शन में आपको यात्रा नहीं करनी यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो दर्पण को देख करके और मिश्री का सेवन करके चांदी के पात्र में जल पी करके तब आप यात्रा पर निकलिएगा पूर्व दिशा की ओर पहले ना जा करके पश्चिम दिशा की ओर आपको चार पग चलना रहेगा तब जो है वहाँ पर दिशाशूल भंग होता है फिर आपको पूर्व की ओर प्रस्थान करना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब आगे बढ़े लेकिन आप लोगों को से जो है सूचना देनी है कि 21 और 22 दिसंबर का जयपुर आगमन हमारा जो है फिक्स हो गया है और आ रहे हैं और 28 और 29 तारीख को 27, 28, 29 वैसे तो तीन दिन हम दिल्ली में रहेंगे तो आप लोग यदि इसके आसपास के क्षेत्र से हैं हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं तो दर्शकों देरी किस बात की फटाफट आप लोग फ़ोन करिए और यदि फ़ोन नहीं उठता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके प्रोसेस पूछ सकते हैं तो दर्शकों नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हाँ एक बात और इस वीडियो को आप लोग जमकर शेयर करिए आप अपने फेसबुक पेज पर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे देखिए दर्शकों अच्छे काम में पुण्य के भागी सबको बनना चाहिए तो ईश्वर ने एक मौका आपको भी दिया है आप भी जो है तो मतलब जो है ये वीडियो लोगों तक पहुंचा सकते हो सकता है वो अपना राशिफल देखें कुछ एकाध उपाय करने से उनके जो है जीवन में जो भी बाधाएं हों उसमें कुछ कमी आ जाए तो आपको भी उसका फल मिलेगा आपको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा चलते हैं राशिफल पर हमारी पहली राशि राशि आती, आती है मेष अच्छा विशेषकर छात्रों के लिए आज का दिन अधिक महत्वपूर्ण रखता है उनको अपने लक्ष्य पर फोकस करने की सितारे सलाह दे रहे हैं व्यापारी वर्ग को बेतहाशा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि श्री मंत्र का मानसिक जाप करिएगा और आज आपको गाय को रोटी में शक्कर डाल करके खिलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वृषभ राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपके साहस और पराक्रम में अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा और उनसे आज आपके संबंधों में मधुरता आएगी आज आपको परिवार का सहयोग मिलेगा इस दौरान किसी यात्रा पर आज आपको जाना पड़ सकता है जिससे आज आपको आनंद की प्राप्ति होगी आज जीवन साथी के साथ संबंध बड़े मधुर होंगे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले में भी आज फैसला आपके पक्ष में भी आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज चंद्रमा के तांत्रिक मंत्रों का आपको जाप करना रहेगा चाहे ओम सोम सुमाए नमा कर सकते हैं चाहे ओम ओम क्लीम सुमायना कह सकते हैं, चाहे ओम त्राम त्राम कोई भी एक मंत्र आप उठाइए और इसको 108 बार जपिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार मिथुन राशि के जातकों आज आपको अपने कुटुंब परिवार जीवन में सुख शांति का अनुभव होता हुआ दिख रहा है परिवार के सदस्यों के बीच आज सद्भावना बढ़ेगा आज आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आप लोग दूसरों की मदद से अपना हर कार्य पूर्ण कर पाएंगे सरकारी क्षेत्र में यदि कर रहे हैं तो आज उच्च अधिकारी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा आज आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का आप लोग पाठ करिए और आज आप लोगों को गाय को मिश्री खिलाना रहेगा शुभ आपके रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा कर्क राशि के जातकों लेकिन फटाफट आप सभी का संचार होता है जय श्री राम से तो कर्क राशि के जात को आज आप ज्यादातर धन खुद पर खर्च करेंगे जिससे आपको आगे चल करके कुछ आर्थिक तंगी का एहसास होगा और इसी कारण आज आप विचलित भी हो सकते हैं इससे आप ना चाहते हुए खुद के लिए थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं भी बढ़ा सकते हैं दांपत्य जीवन के लिए प्रतिकूल समय रहने वाला है दांपत्य संबंधों में कुछ थोड़ी बहुत जो है कटुता आती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ दर्शकों आज आपको एक ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी ख्याति चहुओर हो तो आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले तो आज आपको करना ये रहेगा कि शुक्र के तांत्रिक मंत्रों का आप जाप करिए चाहे ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमा हो और एक बात बता दे दर्शकों यदि आप लोग गूगल से शुक्र कवच का पाठ डाउनलोड कर सकते हैं तो उसको आप लोग जरूर पढ़िए या हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लोग जा करके देख सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच सिंह राशि के जात को ग्रह के राजा की रा, राशि है तो सिंह राशि सबसे स्पेशल राशि होती है बारह राशियों में सिंह राशि के जात को यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा और संभावना है कि ये यात्रा कार्यक्षेत्र से संबंधित रहेगी जिससे आज आप अपने प्रयासों से लाभ उठा पाएंगे आज आपकी आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही ऐसे में विशेष तौर पर अपने प्रयासों को गति देते हुए आज आपको अपनी मेहनत को जारी रखना रहेगा संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज आप लोगों को यात्राओं का योग होता हुआ दिखाई सिंह राशि के जातकों एक बात और बताना चाहेंगे। जनवरी 2020 दो हजार के तौर पर विष्णु करना क्या रहेगा सबसे पहले तो जय श्री राम आप लोग लिखिए और आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जात को आज आपके अपने बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे जो आपको किसी निर्णय लेने में उनकी मदद प्राप्त कराएंगे उनका सहयोग प्राप्त कराएंगे कन्या राशि के जात को आज आपका मन विभिन्न विभिन्न कलात्मक कार्यों में अधिक लगेगा जिससे आप अपने प्रयास से धन भी कमा पाने में सफल रहेंगे नए लोगों से मुलाकात करने का आज अवसर प्राप्त होगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की मदद से आज सरकारी क्षेत्र में आपके जो है कार्य में जो बाधाएं आ रही थी वो तो दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश ये करना है कि चंद्र स्त्रोत चंद्र कवच का आज आपको पाठ करना रहेगा दूसरा दर्शकों आज कोशिश आपको ये भी करनी है कि किसी कन्या को छोटी कन्या को आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ तुला राशि पर आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जात जय श्री राम का उद्घोष करिए और अपने कार्यक्षेत्र में लग जाइए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव को दर्शाता हुआ दिखाई पड़ रहा है पारिवारिक जीवन में कुछ अनुकूलता है कि लेकिन आज, आज आपको अपने मन और दिमाग को केंद्रित करने की सबसे ज़्यादा जरूरत रहेगी अन्यथा व्यर्थ की चिंताओं के कारण आज आपके बने बनाए काम बिगड़ करते हैं जीवन साथी के साथ बात बात पर आज आपका चिड़ापन रवैया परेशान कर सकता है और आज हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है किसी व्यापार में नुकसान से मन आज, आज आपका बहुत ज़्यादा खिन्न रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले आज कोशिश कीजिएगा गणपति या थर् का आप लोग पाठ करिए दूसरा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करिए जो कि धन की हानि होने वाली है ये उसको रोकेगा अनार का रस शिवपुराण में लिखा है कि यदि अनार के रस से आप लोग अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का तो धन संबंधी जो भी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो स्वतः दूर हो जाती है राशि आज आपको जीवनसाथी के साथ यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा जिससे आज आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे आज आप अपने किसी कार्य से अपने मान सम्मान में वृद्धि करेंगे आपको इस समय धन लाभ होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं पूर्व में किए गए निवेश चाहे जो है आपने शेयर मार्केट में किया हो म्यूचुअल फंड में किया हो या किसी लॉटरी में या शेयर में लगाए हो आज आपको पैसा मिलता हुआ दिख रहा है कुल मिला करके और कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड भी यदि आज, आज आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छा चलेगा जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे सेहत सब ठीक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि भगवान भोलेनाथ के जो है महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और यदि हो सके तो आज शमी का एक पत्ता अपने पॉकेट में रख करके तब घर से बाहर निकलिएगा आपकी रक्षा होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये No. जी हां धनु धनु राशि राशि तो धनूराशी के जातकों आज अन्य कोई नुकसान हो सकता करने के लिए अधिक संघर्ष जारी रखने की सितारे सलाह दे रहे, आज दे रहे। आज करना पड़े, पड़ेगा और कोर्ट कचेरी के रिलेटेड मामलों में भी विजय प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि शनिदेव के किसी मंत्र का आप लोग जाप करिए और दुर्गा जी के बत्तीस नामों को आपको पढ़ना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं सितारे लेकिन फटाफट दर्शकों आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और बगल में बना आइकन जरूर दबाइए मकर राशि के जातकों आज आपको अपने प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी छात्रों को भी आज शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे संतान पक्ष के लिए समय उत्तम रहेगा और आज उन्हें प्रगति मिलती हुई दिखाई पड़ रही दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति बरकरार रहेगी व्यापारियों के लिए जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है और धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज किसी को आपको उधार नहीं देना है दूसरा भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक कराइए शुभ कलर रहेगा काला शुभ अंक रहेगा आपके लिए चार कुंभ राशि एक्वायर्स मन में मानसिक तनाव आज अचानक से चिंता का विषय बनेगी माताजी की सेहत को लेकर के आज, आज आपको सावधान रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी निवेश को करते समय बहुत सोच समझ करके विचार करिएगा अन्यथा इसको लेकर के कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी के हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना रहेगा दूसरा आज आपको जाना है और शंकर जी के मंदिर में धतूरा जरूर चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है पाइसिस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज आप लोग जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यात्राओं का योग प्रातः काल से बन रहा है आपके ऊपर शत्रु आज हावी होने का प्रयास करेंगे लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे छात्रों को भी आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा संतान के लिए समय अच्छा रहने वाला है उन्हें शुभ फल मिलेंगे हालाँकि खर्चे कुछ हद तक के बढ़ने की उम्मीद है इसलिए अपने खर्चों पर आपको संयम रखने की सितार सलाह दे रहे सरकारी क्षेत्र में आज आपको मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए और यदि हो सके तो आज मीठा चावल गाय को आपको खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए जयपुर दिल्ली आगमन हो रहा है स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं आप लोग आकर के मिल सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दीजिए इजाजत जाते जाते जय श्री राम के उद्घोष के साथ हमने ये उम्मीद की होगी कि आपने भी कमेंट में टाइप किया होगा जय जय श्री राम